आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना जो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आप डीजी लॉकर से किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि डीजी लॉकर में हम पहले भी इसके कई वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने डीजी लॉकर अकाउंट भी बताया है तो अब हम आपको उस डीजी लॉकर में जो जो सर्विस ऐड होती जा रही है हम उसके बारे में आपको बताएँगे तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले डिजी लॉकर अप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है मेरे उसमें ऑलरेडी डाउनलोड है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने के बाद अब आपको डिजी लॉकर को ओपन कर लेना है जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देख सकते हैं ये डिजी लॉकर अकाउंट इस तरह से आपको दिखेगा इसके बाद अब आपको यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक्सप्लोर मोर तो यहाँ पर जो भी सर्विस डिजी लॉकर के द्वारा जनरेट की गई हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी तो जैसे कास्ट सार्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट है ड्राइविंग लाइसेंस है एच मार्कशीट है तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आप अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरे भारतवर्ष में मान्य हैं आपको गाड़ी की आरसी लेकर के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च पे आना है उस सर्च पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लोर मोर इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जितने भी हिंदुस्तान के प्रांत हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और उनके अंदर जो भी सर्विस इशू करी गई है वो आपको दिख जाएगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश हम उत्तर प्रदेश से तो यहाँ पर हमको अपना इस्टेट सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद जो जो भी यहाँ पर सर्विस ऐड करी गई है तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो भी सर्विस ऐड है तो वो यहाँ पे लिस्ट उसकी दिख जाएगी उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखना है तो आप ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर चेंचिस नंबर अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और चेंचिस नंबर भरना है तो चलिए दोस्तों हम भर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का भर देना है और उसके बाद चेंचिस नंबर यहाँ पर भर देना है और चेंचिस नंबर भरने के बाद ये टिक ऑलरेडी लगा ही रहेगा प्लस ऑनर का नेम जो भी है आप देख सकते हैं वो डीजी लॉकर में अपने आप ही आ जाएगा जिस नाम से आपने डिजी लॉकर अकाउंट बनाया होगा तो वो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद अब आपको गेट डाक्यूमेंट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए दोस्तों हम क्लिक कर देते हैं जैसे ही हम गेट डाक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकलर ये यह यहाँ पे फिर होगा। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपके इसी लिस्ट पे लग करके आ जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर डाउनलोड हो गया है और आप ये देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स तो इस पर आपको और ये देखिए गाड़ी नंबर भी यहाँ पर शो हो जाता है तो आप इसको अब ओपन करके देख सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों हमारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है ये डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजी लॉकर वेरीफाइड का एक मोहर टाइप में भी बनी हुई है प्लस बार कोड और ये बार कोड भी आप देख सकते हैं इस बार कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपकी ओरिजिनल वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर निकल आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं किसी को अगर भेजना चाहें या प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से आप शेयर करके निकाल सकते हैं और ये पूरी तरीके से ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन की तरह ही मान है जिसमें आप चालान वगैरह से भी गाड़ियों के बच सकते हैं आप इसको मोबाइल पर लेकर के चल सकते हैं और चालान वगैरह से भी बच सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें जिससे उनको भी आगे की ये जानकारी मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों